full form of computer c se common o se operating m se machine p se particularly u se used t se trade e se education r se research common operating machine particularly used for trade education and research यह एक काल्पनिक फुल फॉर्म है असली में कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है कंप्यूटर शब्द का उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से हुआ है इसक, इस इस शब्द का अर्थ गणना या कैलकुलेशन करना होता है